ने में डाल लाल रसिया बसिया बोने में डालो लाल रसिया बिज बसिया बसिया हो बीज बसिया हो बसिया हो बीज बसिया डालोल डाल रसिया अगल च डालो बगल से डालो अगल से डालो बगल से डालो उपरा च डालो गुलाल रसिया हो रसिया में डालो डालसिया में डालो डालसिया पीला रंग डालो हरा रंग डालो रंग डालो हरा रंग डालो उपरस डालो, लाल उपर डालो, डालो, ला ला ला डालो लाल लाल रसिया डालो लाल लाल रसिया बसिया होली में डालो लाल रसिया बसिया होली में डालो लाल रसिया डालो, को, को डालो ललिता को डालो राज को डालो ललिता को डालो सब सखियान पे डालो गुलाल रसिया सब सखियान पे डालो गुलाल में डालो तेज बचिया हो मिल बचिया हो मिल बचिया प्रिय बचिया हो मिल बचिया हो मिल बचिया कोने में डालो लाल रतिया कोने में डालो लाल रतिया मिल बचिया बसिया हो बी बसिया हो विधवसिया बसिया हो बसिया हो बसिया टोली में डालो बुला दिया में डालो बुला दिया बसिया टोली में डालो भुला दिया